हमारे किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे हम उस जगह से आए जहां पे किसी को अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता